एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बार देखो यह पूरे बारह पाठ में क्या मतलब समझ रहे हो समझ रहे हो पूरे दुनिया जाको मतलब का हो सकता क्या को मतलब है कि पार्ट बहुत ज्यादा तो इन्हें याद करना तो ही कठिन अब अभिषेक बच्चन को फिल्म मिलना अरे भैया तो है तो है तेरे वाप्ती का है। मेरे वाप्ती तो है। है ना? तो ना बेटा अगर पढ़ाई नहीं करी तो उसी भैंस का दूध काट रही मेरी बात सुनो टोटल बारह पार्ट है चार तू कर लिए चार तू बचे वर्जा धर्म दूसरे को पाँच चार चार पाँच समझाए समझ लियो संजय को पांच बजे पढ़ हैं, वो सीधे अगले दिन उठे हैं तो फिर संजय को हैं। ज़रा जल्दी किताब खोलो पढ़ाई शुरू करनी है भाई भाई कर कर अरे माँ कथम बहुत चमुआ मारा मेरी टांट में भाई करने जल्दी से नहीं तो मैं मर जाऊँगा मेरी आत्मा को चंगी में भटकती रह जाएगी